सलमकुम गाइस यहां पे आज चल रहा है बोटल फिलिप चैलेंज जो फिलिप चे चे चे चे करेगा उसको जो पसंद होगा वो खाएगा सबसे पहले आप पे अपनी इंट्रोडक्शन दे दो आपका नाम सालिप, सालिप, सालिया परसी, सालिया परसी। करो स्टार्ट, स्टार्ट. नहीं Ay anne hay Allah <laughs> ne kolay ne kolay hayırlı olsun yeah हम्म <laughs> <laughs> तुम करो तब तक सर। तो तो दो ही बार किया ना ना और है में गेमिंग मजा मैंने तुमको <laughs> अभी दिखाती हूँ पेड़ भर के खा तुम्हारी बारी है ना फिर से नुद नुद नुद